घंटा है बैक दी वेलकम वेलकम दी बैक तो आज को आज हमारे भाई फिर से एक और नई की फौजी की वीडियो लेके ठीक है यार तो ये है अपना ऑफ़ फौजी ठीक है यार तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किस देर के बूम तो यहाँ पे बहुत बकचोदी नहीं करता क्योंकि यार मैं बहुत ही शरीफ हूँ ठीक है यार मैं बिल्कुल भी फालतू चाहिए तो वहां करता ही नहीं हूँ यार ठीक है यार तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैं मरने वाला हूँ क्योंकि यार मैं बिल्कुल भी अपनी हेल्थ रिस्टोर करके नहीं आया हूँ और इनसे मैंने फालतू के पंगे ले लिए हैं तो चलो छोड़ो इनके मुक्का लात सब बजाएंगे ठीक है खोपड़ी में बजाएंगे क्योंकि तो हेडशॉट ज़्यादा डैमेज देता है ठीक है यार तो भाई लोग यार ये पता नहीं कौन सी टोपी पहन के रखते हैं यार अपनी जो अपना सरदार जी है यार ये सरदार जी बहुत बढ़िया प्लेयर है यार एज गार्डियन अपना और यार ये सच्ची में यार सच्ची ढूंढ के रख देता है यार सबको ठीक है बिल्कुल धोबी की तरह और यार कपड़े भी ऐसे ऐसे अलग अलग कपड़े मिलते हैं कभी ग्रीन कभी ब्लू तो यार सही से धोने में भी मजा आता होगा जैसे धोबी की जॉब मिल जाएंगे पर फिर भी यार आई रिस्पेक्ट आवर सोल्जर ठीक है यार तो ही जा रहा है और भाई ये क्या जहर पंच मारकर बंदा पूरा हिल जाता है ठीक है तो यहाँ पे इस बंदे का वेपन भी मिल गया तुम्हारे भाई को ठीक है यार तो अभी देखो इसके मुंह पे बचाऊंगा अभी मैं ये क्या लेके आए कुल्हाड़ी इसके तो रख रख के दूंगा मुंह रख के दूंगा रूजा तो यार अब मैं मर गया मेरे को यार पता है क्योंकि यार मैं बिल्कुल हील करके नहीं आया और ये पता है कौन सी पोजिशन में मरा यार चलो छोड़ो यार अब यार वापस से होना पड़ेगा और यार वही सब बक्सो दिया चलो छोड़ो पहले अपनी यार हेल्थ वेल्थ रीव पूरी हील विल करके आते हैं ठीक है यार ज़्यादा हरकतें नहीं करनी पहले हेल्थ पूरी करके आएंगे तब इनको पे आसानी से ठीक है यार तो अभी एक को पीछे भी एक कैंप फायर और एक यहाँ पे है तो इस वाले से कैंप फायर से यार अपना आराम से कर लेते हैं यार हाथ हाथ सेक के अपनी हेल्थ पूरी कर लेते हैं तो यार अपनी हेल्थ यार बहुत धीरे पूरी होती है और ये मैंने अपने गेम प्ले वन में ही बताया था तो यार अगर आपको भी ये दिक्कत लगती है ना तो यार जा, जाओ जल्दी प्ले स्टोर पर इनके रिव्यू में लिखो यार हेल्थ थोड़ा तेज करे तो भाई अब यहाँ पर तुम्हारे भाई की हेल्थ पूरी हो चुकी हो यार एक तो इसका स्टाइल देखो यार अपने फौजी का यार जहर स्टाइल यार खड़े होना पूरा जेंटल ठीक है यार तो यार बड़ी जहर गेम है ठीक है पर अभी इसमें थोड़े बहुत अपडेट्स भाई ज़रूरी हैं क्योंकि यार अभी देखो अभी जैसे मैंने आपको बहुत सारी इसकी कमियां ही बताई दी अपने गेम प्ले वन में ठीक है यार अरे एक तो यार बहुत धीरे भागता है ठीक है और यार फाइट के बीच में निकल नहीं सकते यार फाइट से ये भी दिक्कत है तो चलो छोड़ो यार कोई नहीं बहुत अच्छा सीन है और एक तो इसका टी नहीं आ रहा है यार आ जाए तो यार मजे से आ जाएंगे ठीक है और यार अभी किसी और को भी बुलाऊं क्या आजा बेटे आजा तू भी आ तेरे बुद्धि बताऊँगा यार इसको ही मार भगा भगा मारें ठीक है यार तो अभी आ गए हैं यार ये तीन चार ठीक है तो पीछे चल पीछे चल बेटे बे यार क्या कर रहा है ढंग से पीछे नहीं जाया जा सकता क्या इधर से तो अभी इस इस नीले वाले का सर में भी दूँगा बेटा तेरे तो खोपड़ी में खोपड़ी खोपड़ी में दूंगा इसके लिए डूब जा र तो ये भी हरकतें कर रहा है और यार वो आ गए फिर से आ गए नहीं यार वो मतलब यार क्या सीन चल रहा है इनका? देखो यार अब यार इनको शर्म नहीं आती क्या यार चाइना ये कौन सी कंट्री गए हैं ये और यार मैं अकेला ये इतने सारे यार बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या नहीं लि, लिचड़ आदमी यार ये भी चलो छोड़ो यार एक ऐसे की शर्म नहीं है इनको तो हमें क्या दिक्कत है यार इनसे छोड़ो हमारा क्या जा रहा है अब तो गेम पार करनी है और यार देखते हैं कितने गेम प्ले लगते हैं यार इस पूरी गेम को कंप्लीट करने में और उसके बाद टीडीएम आता है तो टीडीएम का भी गेम प्ले ज़रूर मिलेगा आपको अगर आपने अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो जल्दी करो अपने चैनल सब्सक्राइब अपने भाई का ठीक है यार इससे मेरी भी हेल्प होगी तुम्हारी भी हेल्प होगी तो तुम ये जानते हो कि मेरी हेल्प कैसे होगी तुम्हारी हेल्प कैसे होगी कि तो जो भी तुम्हारे भाई की एकदम बेस्ट बेस्ट वीडियो आती है ना उन सबका तुम्हें यार नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यार मेरे को लग रहा है कि मैं फिर से मरने वाला हूँ अभी इनमें से किसी ने एक पंच भी मार दिया ना मेरे तो यार मेरी गुद्दी उद्दी सब हिल जाएगी ठीक है यार तो डर तो, डर तो लग रहा है यार बहुत ज्यादा अभी पीछे मुंह मु तोड़ इसका मुंह तोड़ इसका नहीं भाई क्या भाई क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में क्या मैं अपनी जिंदगी में सफल हो पाऊंगा मेरे को अब भाई अपनी वास्तविकता पे शक होने लग गया तुम्हारे भाई को तो यार यहाँ पर लालटेन भी पड़ी है लालटेन फेंक के दूंगा उनकी कंटपटी पर पता नहीं आ रहा क्या गेम है यार बड़ा दिमाग खाती है अपनी पब्जी मोबाइल लाइट भी तुम्हारे भाई ने फिर से डाउनलोड कर लिया है और भाई उसकी जल्दी से आपको गेम प्लेय दिखने मिल जाएंगे ठीक है यार तो यहाँ पर फिर से हाथ सेकते हैं फिर से भाई सारी चीज़ें करते हैं फिर यार अपना वापस एक मीटर दूर जाना पड़ेगा तुम्हारे भाई को तो चलो कोई नहीं चलते हैं। तो तो यार एक टाइम बहुत लेता है यार ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है यार मेरे को तो उसके बाद कोई नहीं default, तो चलो कोई बात नहीं है तो यार यहाँ पे एक ये पहाड़ सा है पता नहीं किस काम के लिए बना रखा है चढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो यार ये छोड़ो पता नहीं क्या काम है यारेम में अरे या भाई साहब इनके तो मैं मुँह मुंह पर बजाऊंगा रुक जाब अब इनके तो मैं घुसे घुसे बजाऊंगा वो ब्लू वाले आएंगे ना जब निकालूंगा ये ढंकी चीज देखो अभी देख नहीं यार तुम्हें शर्म नहीं आती क्या एक धीले की शर्म नहीं यार, है यार तुम लोगों में है एक ढीले की शर्म नहीं है इनमें अभी देखो वो पीछे वो ब्लू वाले वो बात कर रहे हैं ना यार वो भी आएंगे अभी यहाँ पे और यार देखना तुम कि वो अब अलग ही सीन बिठाएंगे एक ब्लू वाला तो आ ही चुका है यार इन सब का सरदार गुरु इनका पता नहीं यार क्या रैंक होगी इनके पर फिर भी चलो छोड़ यार आपकी बार तो पेल के जाएंगे क्योंकि अभी तक थोड़ी सी भी हेल्थ कम नहीं हुई है और इनकी पूरी हेल्थ कम करूंगा यार मुझे क्योंकि मेरे बहुत गुस्सा हो रखा है ठीक तो है यार दो बार मर गया और अब मेरे भाई दिमाग से नख रखा है मेरा ठीक है तो यार इनके एक तो यार वेपन्स गिर रहे हैं वेपन्स उठाने हैं मन तो कर है फाइट के बीच में पर यार नहीं उठा पा रहा अब ओ ग्रीन वाले तू मारेगा मेरे को है चल टोपी उतार के फेंक दूँगा जाटे से मरता है ना यार अब इसकी टोपी भी तो नहीं उतार सकते यार ये भी तो गलत सीन है अब दे अब बेटे इधरा हाँ ब्लू वाले तू ज्यादा बन रहा था ना बे रुक अबे यार ये दो दो करके मारते हैं ना यार ये गलत सीन लगता है यार मेरे को हाँ ये हरे वाले को पहले इसका मुंह तोड़ मुंह तोड़ ढंग से अरे यार हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया है बेटे आये हाय आये हाय अभी इसकी गुद्दी माँ गुद्धि बुद्धि मत दे हाँ ये अरे जहर मैंने जाना ही नहीं आगे मैं हेल्थ रिस्टोर करके आऊंगा हाँ <laughs> तो यार यहाँ पे पता नहीं मैं कहाँ का दिमाग लगा रहा हूँ पर फिर भी यार वो वापस रिस ना हो जाए मेरी पास यही दुआ है तो अच्छा यार पीछे अपना यार ये लाइटें लगा तो रखिए पर यार मेरे को दिख तो सिर्फ वहाँ पे कैंप फायर ही रही है तो चलो छोड़ो यार क्या लगी इनके ग्राफिक सेटिंग है तो यार नौ मिनट बत्तीस इकतीस तो यार टाइम इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है यार लगता है जो टोटल इनका जो भाई ये चेक पॉइंट था ना यार लास्ट वाला उसको पच्चीस मिनट में कवर करना था क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने कराया ना वो सारे में सब भाई 25 में से ही कम हो रहा है ठीक है तो चलो छोड़ो यार अपनी वापस हेल्थ रिस्टोर करके अब उनकी गुद्दी में तोड़ूँगा ठीक है वो ज़्यादा बन रहे थे ना इनका सरदार उनकी टोपी निकाल के मारूँगा हीटर भी नहीं दूंगा उनको सारा मर देंगे वैसे ही तो चलो छोड़ो तो यार अब ये फोन बूथ पे फ़ोन नहीं है ट्रक चलता नहीं है इनका बेकार पहाड़ लगा रखे हैं किसी काम के हैं नहीं यार पहाड़ इन लोगों के चलो छोड़ो यार मैंने उधर जाना भी नहीं है मैंने इनके मुंह ही नहीं लगना <laughs> तो सीधा ऊपर चलते हैं ठीक है यार And I think कि मैं एक बार यहां आ रखा हूं है ना आपने लास्ट गेम प्ले में देखा था ना यार मेरे को यहां पे अगर देखा था यार तो गेम प्ले नंबर टू में तो यार जरूर कमेंट करना ठीक है यार क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है तो चलो छोड़ो यार अब यार लाइक एम तो तुम्हारे भाई का तीन लाइक का यार कर दो यार ठीक है जिसमें से तो एक तो भाई मैं खुद ही कर देता हूँ वीडियो अपलोडिंग के टाइम बाकी यार तुम कर दो थोड़ी दया वया दिखा दो यार शेयर वेयर कर दिया करो वीडियो को बाकी तुम्हारे भाई सारी ए ऑप्टिमाइजेशन सब करता है ठीक है तो अभी ये चाकू वाकू सब निकालूंगा इनमें देख लेकिन गर्दन सी तोड़ दूंगा रुक जा ए, इसकी गुद्दी में दूंगा हाँ रुक बेटे रुक अब देख तेरी गुद्दी में दूंगा हाँ ये आ जा लड़ेगा तू लड़ेगा आ जा उसको तो, तो, तो बिठा ही दिया मैंने अपने पता नहीं क्या है इसका अलग छोड़ो हमें कुछ मतलब नहीं है इनसे बावड़े लौंडे शॉट ऑन साइट आ गोली तो मार के दिखा तू तो हाथ तो ला बाकी तो हम देख लेंगे हाथ तो, हाँ तो ला कर देखा आ जा आ जा आ अरे यार एक तो ये फाइट करने लग जा सीधा सीधा भाजस्ता नहीं यार जो अरे यार पागल है क्या यार फाइट करने लग रहा है यार बता अपने बीच में से निकल भाग के ये जगह थी यार वहाँ पे पर नहीं ही यार फाइट करने में से चूल मचा दिया छोड़ो यार इसका दिमाग अलग ही है पर तो सरदार जी अच्छे अच्छी फाइट करते हैं यार ये बात माननी पड़ेगी यार सबको फेल के रख दिया ठीक है और यार अब तो इनके मुँह में मारूँगा बस यार ये स्टार्ट ना कर दे यार मारना इस बात का मेरे को डर लग रहा है ठीक है क्योंकि यार ये इतने सारे यार एक एक पंच भी मारेंगे ना यार मैं ढेर हो जाऊंगा ठीक है तो यार ये देखो दो दो हैं यार आगे पीछे ऊपर नीचे छोड़ो यार अब मैं क्या ही बोलूँ यार ये चाइना वालों को शर्म तो है नहीं यार वैसे भी ठीक है यार अरे यार अब वो पीछे वाला भी पेड़ेगा मेरे में देख यार अरे यार ब्लू वाले को मारो ओ तो सरदार जी मार लो यार ब्लू वाले को सरदार जी पीछे आ इसको इसकी गुद्दी अपनी है एक तो एक छोटे बलू अरे यार ये देख ये यार मतलब कितने बंदे खड़े कर रखे हैं यार तुमने यार फिर से देखो यार कैसे मरा यार अभी है। यार यही तो बेकार चीज लगती है यार हर जगह कैंप फायर दो ना, यार तुम लोग बीच बीच में यार इतनी दूर दूर कैंप फायर दे रखी है अब बताया फिर से हल्ते रिस्टोर करने जाऊँ क्या यार परेशान कर रखा यार फौजी वालों ने यार क्या गेम बनाई है रे बिल्कुल मजे नहीं आ रहे यार अब क्या ही बोलो यार इनके बारे में पर यार गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो यार जरूर लाइक करो यार क्योंकि यार गेम प्ले शायद ही तुम्हें अच्छा लग रहा हो कमेंट्री अच्छी लग रही हो तो यार जरूर लाइक करो और यार अभी के अभी शेयर कर दो वीडियो को जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहीं से शेयर कर दो यार ठीक है वापस आकर वीडियो पूरी जरूर देख क्योंकि यार टाइम कम हो तो तुम्हें घर आके कह मैं एंड डोंट टेक इट सीरियसली क्योंकि तुम्हारे भाई मज़े बहुत मिलता है ठीक है तो यार अब यहाँ पे यार हेल्थ ऑलरेडी पूरी यार दुखी कर दिया यार परेशान कर दिया तो यार इन लोगों ने मेरे को छोड़ो यार क्या ही कर सकते हैं अरे यार वापस जाता हूँ इनको पेल के यार देखते हैं यार कितना टाइम लगेगा यार हमें इस वाले लेवल को क्रॉस करने में यार मेरे को तो लग रहा है कि भाई यार कई जन्म लग जाएंगे यार मेरे को और भाई पेल दिया है भाई पेल दिया तूने मेरे को अरे यार वापस हेल्थ रिस्टोर करने जाना पड़ेगा यार मेरे को यार बताओ यार गलत सीन हो रहा है यार मेरे साथ तो छोड़ो यार ये ग्रीन वाले तो यार वैसे ही ओ भाई यार ये तीनों अब। अब आ चाकू निकालना पड़ेगा मेरे को पता है किस चीज की आवाज है और आई थिंक तुम भी गैस कर लिया हुआ तुमने अभी तक ठीक है छोड़ो यार सबके साथ होता है इट्स कॉमन यार वेरी कॉमन और इसकी इसकी तो गुद्दी नापूंगा रुख रुख बैठे आ जा आ जा नहीं ये हाथ में तूने ले रखा ये क्या, है नहीं कुछ मार भी ले गुशे, गुशे मार रहा है, घूसे देर से घुसेंग में आते नहीं यार बताओ यार सीन क्या चल रहा है यार इनका नहीं यार ये ये पिटना चाहते हैं यार ढंग से है तो यार देखते हैं हम कितना पीट पाते ओ भाई चला दिया ओ भाई ओ माफ कर दे मैं तो मजे मजे में बोल रहा था सीरियस मत ले लियो यार ये बढ़िया तेरिया मर गया है तो अच्छी बात है अब यार अब ये पेलेंगे पांच पाँच है यार मेरे सामने चल छोड़ो यार और एक तो अपने सरदार जी की जोलाइन देखी तुमने कभी साइड से आ हाँ जी से आ जाते हैं देख के और यार ये पता नहीं यार कौन सा स्टाइल है पर यार मार जहर रहा है ये और अभी देखो यार मेरी तो हेल्थ यार बहुत कम हो गई मेरे को लग रहा यार दस पंद्रह बारी से पहले नहीं हो यार ये राउंड मेरे से क्लियर और यार मैं बहुत मरने वाल यार और अब तो निकाल बैठे आ ये ओपी बोलते इज ओपी इन द चैट मतलब कमेंट सेक्शन दस सेकंड पीछे जाओ फिर कमेंट करो फिर ये सीन देखना भाई ये यार बेस्टी हो गई यार अब मेरी यार नहीं क्या सीन क्या था यार अब यार मेरे मतलब परेशान कर रखा है यार इन लोगों ने कितनी बार यार एक ही अब मैं बिना हेल्थ के जाऊंगा कितनी बार ही मरू अब मैं ऐसे ही पूरा करूंगा यार ये लेवल ठीक है और अब वो ब्लू वाले आए ना इनके गुद्दी में मारूंगा रुक तू मेरे लात मार रहा था रुक जा तेरे फावड़े बजाऊंगा आ जा तू भी लड़ेगा तेरे तो गले में ही दूंगा रुक जा इधर आ तू भी डंडा लेके आ रुक जा तेरे भी गले में दूंगा ये अरे यार ये ना हेल्थ कम करते हो और एक सरदार जी यार भागो यार थोड़ा सा थोड़े से भागने में गद्दार थोड़ा हो जाते हैं यार थोड़ा सा भाग लो क्या जा रहा है हैं से अगर मैं यार निकल के गया टेंट के पास भी चला जाता ना यार इनकी फाइट के बीच में से निकल के तो यार इनका पता नहीं क्या घट जाता पर यार ये फौजी वाले यार क्या है यार इनको गेम से यार बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे यार मेरे को पर फिर भी यार गेम प्ले यार मेरे को पूरा करना है यार ये वाला चेक पॉइंट यार कैसे कंप्लीट नहीं हो रहा मेरे से है इधर आओ अब तो नीचे बुला के एक एक करके पेड़ूंगा इधर आओ यार ज्यादा जोश चढ़ रहा है तुम में है? ज़्यादा जोश चढ़ रहा है ऊपर हाँ, है। है मैं मैं ना जाऊ ऊपर गया तो यार वो बड़े वाले ब्लू वाले देख लेंगे इनके गुरु और यार वो आ जाते डरसा नहीं यार जी सा कच्चा है तुम्हारे भाई का मार मार देंगे भाई नी यार क्या था यार ये गेम भाई यार रोना जा रहा है यार मेरे को यार बहुत परेशान कर दिया यार अंगूठे में दर्द हो गया यार क्या गेम है यार ये यार बहुत परेशान कर रहा है इनको और गेम यार अभी मैं स्वयं करता हाँ दिमाग खराब कर रखा है यार एक तो हेल्थ रिस्टोर करने में घंटा लग जाता है और एक इनका टाइम देखो यार कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है देखो यार नहीं यार मतलब मजाक चल रहा है क्या मजाक से हटके यारे को अभी तो बता अरे यार इसको लड़ने में यार बड़े मजा आते हैं और फिर मर भी जाता है मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार मर जाऊंगा यार मैं तो चलो छोड़ो यार अपने थमने के लिए कुछ अच्छा क्लिक बेट तो नहीं मिला है ये असली चीज़ है टॉपिक है ठीक है क्लिक बेट नहीं है तुम्हारा भाई अच्छा बंदा है बिल्कुल क्लिक बेट नहीं करता तो यार वीडियो को जरूर लाइक करके जाना ओ बे यार फिर से आ गए के ब्लू वाले हैं दुखी आत्मा ये को यार आराम से अपनी हाथ वाथ सेको आग जला रखी यार यार पर यार इनको दिक्कत है यार मेरे से यार जाने दो यार मेरे को आगे जहाँ पे मेरे टीम मेटे में लाने दो ना यार यार पता नहीं यार कौन सा था पर यार होती यार कुछ तो वॉर के लोज होते हैं कि यारे जो वॉर के टाइम कोई जैसे हमारे इन्होंने ले रखे हैं ना यार मेरे ख्याल से जो इन्होंने वीडियो दिखाई थी जो हमारे सोल्जर्स इनके पास है वो यार इन्हें खुद ही वापस करने चाहिए पर पता नहीं यार क्यों कैद में करके बैठे और अभी यार ये चाइना वाले सोल्जर्स को तो मैं ऐसे ऐसे मार रहा हूँ पर फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा खून तक नहीं निकल रहा यार इनका यार डायरेक्ट मर रहे हैं यार मेरे को मार रहे है खून तक नहीं निकल रहा यार और एक यार ये बड़ी गलत बात लग रही है मेरे को हाँ अब बेटे अब बात ब्लू वाड़े इधर उसका वेपन लेके भाग जम क्या है बे देखा तो नहीं चलो अच्छी बात है क्या लगता है गाइस अब की बार हो पाएगा भाई दुआ करो यार वहाँ पे बैठे बैठे काश हो जाए यार तुम्हारे भाई का क्योंकि यार ये गेम में मैं, मैं बिल्कुल क्रो नहीं हूं मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ यार मेरे को बड़ी बकवास गेम लग रही है आ आजा, आजा लड़ेगा क्या है अरे तो अच्छा फिर फिर है, है और एक तो मेरे को समझ नहीं आ रही वहाँ पे क्यों हो रहा हूँ और एक इनकी हेल्थ यार सरदार जी थोड़ा अगर आप आर्मी की तरफ से आए थोड़ा डायनाइड लेके आते यार, कुछ तो अच्छा चीज करते अरे आ रही है मैंने गलती यूज़ हैं पे वो ब्लू वाले आते हैं ना उनके सर सर पे मारता है यार एक तो बैठता हाँ जेंटलमैन जैसा खड़ा होता है पर यार ये तो अलग सर पे चढ़ गया हाँ चलो पीछे आता हूँ यहाँ पे आके लड़ू आ जा बेटे कहाँ है तू तो? कहा बेटे आजा आ जा इसको इसको दीवार में दे दूंगा हाँ इधर आ तो दीवार में आ जा आ जा सही है इसके सही करंट लग गया मजा आ गया मेरे को देख के तू आ इधर आ पीछे क्यों जा रहा है पीछे क्यों जा रहा है इधर आ तो यार भाग के तो आ रहा है यार एक ये ब्लू वाला और मैं इसकी गुदी नाप दूँ और सच्ची बता रहा हूँ मेरे बहुत गुस्सा उठा रखा है उन्होंने और सही यार अभी वो बाकी ब्लू वाले नहीं आए और ये तीन ही हैं और ये पीछे के दो आ गए और यार जै, मैं जैसे ही बोलता हूँ शायद ना तभी सुनाई देता हूँ अरे वैसे ही भागते भागते आते हैं तो इधरा तूने मेरे को आखिरी बार मारा था ना इधर तेरे तो जबड़ा तोड़ूँगा इधर तू तो खाना भी नहीं खा पाया जिंदा हो गया तो पर कोई नहीं इसके मार के जाएंगे इसे रिस्पॉन्ड भी नहीं होगा ये ऐसा मानू इसको और यार एक तो मैंने यार वेपन वहां पे फालतू में खराब कर दिए ग्रीन वाले सोल्जर पे पर फिर भी यार सही करा क्या कर देते यार। चार चार थे मैं टाइकोंडो का ब्लैक बेल्ट तो जानता नहीं और वो है पर चलो कोई नहीं यार क्या ही टाइकोंडो क्या ही कुंकू यहाँ पे तो मुक्का ला चल रही है नॉर्मल वाली सही स्ट्रीट फाइट हो रही है और यार अब बार में और और और डैमेज डैमेज नहीं लेना चाहता यार यार यार यार यार इनसे ठीक है यार, ठीक है है है बहुत ले लिया अभी तक मैंने अब अब अब मार इसके। मार गुद्दी नाप दे ये ब्लू दे। वो यार एक अब वो भी आ रहा है बताओ तेरी फाइट के बीच में मैपर उठा लिया ओ भाई स्किल कैसे आर ये इसमें बताना यार और आपको पता आपके साथ भी ऐसा हुआ ना तो यार जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्योंकि यार अभी तक ये मेरे साथ पहली बार हुआ से सरदार जी ने बात मान ली जैसा मैंने बोला वैसा ही किया यार नहीं यार मजा सा आ गया मजाक हो रहा था मजाक से हटके यार फिर भी यार मैंने बहुत बंदों को मार दिया मैं तो सोचा भी नहीं था इतने को मारूंगा पर फिर भी यार एक चेक पॉइंट तो क्लियर हो और काश यार गेम यहाँ पे सेव हो जाए यारेक पॉइंट पे आई होप ऐसा ही हो और आगे अभी मेरे को कोई मिले ना जल्दी से चलो सही है इनको तो मैं वैसे ही मार दू भाड़ा कहें तो अरे इधरा गाइज आई थिंक कि मैं यहां पे आया हूँ लास्ट गेम प्ले में एंड मुझे ये चीज याद आ रही है थोड़ा नोस्टाइल वो सब क्या कहती है यार उसे नहीं क्या कहते हैं आई डोंट नो मैं फैक्टैक नहीं हूँ मैं नवाब जीरो फोर हूँ आ तू मेरे घुसा बजाएगा मैं तेरे लात बजाऊंगा और एक ब्लू वाले रुक जा अभी तेरे भाई को मार के आया तेरे को ही मारूँगा रुक जा रुट तो के हैं छः फुट के तो अपने सरदार जी और ये आठ आठ फुट के आ रहे हैं इधरा ऐ भाई तेरे को इधरा तेरे को जस्टिस सिखाता हूँ इक्वलिटी नहीं आती भाई तेरे को तू ज्यादा आठ फुट का हो रहा है ज़्यादा हरलिक्स पी लिया जाएगा तू नहीं बचपन में इधर तो जबड़े तोड़ूंगा और तो बैग पैन के लड़ाई क्यों कर रहे हैं एक तो यार, यार, तो यार सरदार जी खाना खा नहीं रहे बैग का यार फायदा क्या यार इन लोगों में है हम मार मार मार दे किसी को एक आधे को तो खत्म कर बढ़िया करा भगवान कहा तू नहीं भाई भगवान में वापस वहाँ से ना शुरू करूँ मैं एक गेम डिलीट मार दूँ सच्ची बता रहा हूँ तो भाई लोग आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड यार अपने भाई को ही देनी पड़ेगी और जब वो उस लेवल को पार कर देगा तब आपके लिए गेम प्ले आ जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय